आप सभी को मेरा प्रणाम हर्बल रेमेडीज़ एंड नेचुर में मित्रों आपका स्वागत है आज बात करेंगे एक न्यूट्रास्यूटिकल प्लांट की मोरिंगा ओलीफेरा सहजन हॉर्स रेडिस यह प्लांट हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के मिनरल्स की कमी को पूरा करता है इस प्लांट के अंदर विटामिन ए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटमिन सी और विभिन्न प्रकार के पोलिफिनिक फ्लैनाइड्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं वंडरफुल रेमेडी है डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ हीलिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है आज बात करेंगे विशेष रूप से जैसे इसके आप फूल देख रहे हैं फूल एंटीऑक्सीडेंट्स का और पोलिफिनिक कंपाउंड का रिच सोर्स है फूल का उपयोग आप इकट्ठा करके चूर्ण बना के रख सकते हैं मिनरल्स की कमी को पूरा करते हुए शरीर का पोषण देता है और शरीर के जनन अंगों को मजबूती देने का कार्य करता है वाजीकरण के लिए आप इसके फूलों को दूध में पका लीजिए और सेवन कीजिए परिणाम देखने को मिलेंगे मित्रों इसके पत्तियों में भी कई मिनरल्स और विटमिनस पाए जाते हैं कई लोग तो घरों में इससे पकोड़े या सब्जियां तैयार करते हैं जो कि विशेष लाभदायक होती है ओ के लिए वेट लूज करने के लिए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इसके पत्र इस्तेमाल में लाते हैं सब्जियां बनाते हैं ब्लड प्योरिफिकेशन के माध्यम से लीवर रेमेडिएशन के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य करता है इसके पत्र का सुरस निकाल लीजिए 10 से 15 एम आप इसको पीजिए शहद मिलाकर देखेंगे कि लीवर रेमेडिएशन करते हुए आपकी अच्छी भूख लगने लग जाती है कोलेस्ट्रॉल डाउन हो जाता है और हाइपरटेंशन की अगर पुरानी समस्या हो वो भी दूर हो जाती है तीन प्रकार से हमारे शरीर में एक कार्य करता है लीवर किडनी और लंग्स तीनों को रेमिडिएशन का कार्य करता है अगर ब्रोंकाइटिस की समस्या है या शरीर के किसी भी अंग में सूजन है इन्फ्लामेशन है ब्रोंकाइटिस हो चाहे अपनडिसाइटिस हो या पेरिकार्डाइटिस हो इन तीनों प्रकार की सूजन में इंटरनल स्वेलिंग कई बार हो जाती है और हमें पता नहीं चलता है जिसके वजह से हमें थोड़ा थोड़ा बुखार भी रहता है और बार बार ये बुखार होता रहता है तो हमें पता नहीं चलता है पेट के कीड़े भी होते हैं तो उसके कारण भी इम्यूनिटी हमारी कंप्रोमाइज़ हो जाती है इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है इन सभी प्रकार के रोगों के निराकरण के लिए आप क्या कर सकते हैं आप अगर पत्र मिल जाएँ तो पत्र का सूरश बनाकर दस से पंद्रह एम और उसमें शहद मिलाकर सेवन कर सकते हैं और अगर पत्र ना हो तो आप इसकी छाल का काढ़ा बनाकर सेवन कीजिए बहुत अच्छा कार्य करता है मित्रों छाल पत्र फूल ये तो प्रकृति के दिए हुए विशेष अनुदान हैं ही अगर ये भी ना मिले तो आप इसकी मूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मूल में घटक ज़्यादा पाए जाते हैं लेकिन मूल के निकालने से प्लांट की हानि होने का डर होता है इसीलिए सावधानी के लिए छाल का इस्तेमाल कर लें पत्र और फूल का इस्तेमाल कर लें वो भी उतना ही इफ़ेक्टिव होता है साथियों कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर के किसी भी अंग में अचानक पेन होने लग जाता है इन्फ्लामेशन से जुड़ा हुआ भी हो सकता है या शरीर के हॉर्मोन्स के डिसरेगुलेशन के कारण भी हो सकता है या इम्यूनिटी के कंप्रोमाइजिंग के कारण भी हो सकता है तो इसकी इम्यूनोमोडुलेटरी एक्टिविटी क्या करती है इस प्रकार के रोगों का निराकरण करती है आप इसका छाल का डिकोक्शन बनाइए काढ़ा बनाइए उसमें शहद मिलाइए और दिन में दो से तीन बार आप आसानी से सेवन कर सकते हैं मिनरल्स का विटमिनस का ये भरपूर खजाना है बॉडी की कमियों को पूरा करता है कई बार मिनरल्स की कमी के कारण इनफर्टिलिटी की, की समस्या भी हो जाती है उसको भी इस प्लांट का डिकॉक्शन इस प्लांट का सोरस विशेष लाभ करता है मित्रों इस प्लांट की फलियाँ भी आती हैं जिसको ड्रम स्ट्रिक कहते हैं और उनकी आप सब्जियाँ भी खाते होंगे तो क्या कभी आपने सोचा है कि इन सब्जियों में कितने विशेष केमिकल कंपाउंड या मिनरल्स पाए जाते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में किस प्रकार से सहायक हो सकते हैं साथियों अगर कोई फलियों का सेवन करते हैं तो वो ना केवल शरीर के मिनरल्स की कमी को पूरा करते हैं बल्कि अगर किडनी या लीवर में भी स्टोन की समस्या है तो उसके भी निराकरण में विशेष उपयोगी होते हैं हमें ड्रम का इस्तेमाल करना चाहिए और वो बहुत ही हेल्दी होती हैं न्यूट्रिएंट्स का विशेष सोर्स होती हैं गुणकारी सोर्स होती हैं आप उनको इस्तेमाल कीजिए कई बार क्या होता है कुत्ते के काटने के बाद या किसी सर्प के दंस के बाद या स्कॉर्पियन बाइट के बाद आप क्या कर सकते हैं आप इस छाल का काढ़ा बनाकर घाव को धो दीजिए और इसके पत्र का 10 से 15 एम एल भी पीते रहिए हो सके तो थोड़ा सा उसमें सैंदा नमक भी मिला लीजिए एंटी डॉट का ये विशेष कार्य करता है नेचुरल एंटीबायोटिक्स भी इस प्लांट के अंदर पाए जाते हैं पेनिसिलिन की तरह ये प्लांट कार्य करता है इन्फ्लामेशन से रिलीव करने के लिए मित्रों इसके सीड से ऑइल भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वो ऑइल विनिरल डिसीज़ में हमारे लेप्रोसी की समस्या हो गोनोरिया की समस्या हो या फिर कुछ गुप्त रोगों की समस्या हो तो उसके निराकरण के लिए आप इसके तेल का इस्तेमाल कीजिए आसानी से इस प्रकार के रोगों को ये सही करता है और दोबारा बनने की प्रकृति को भी रोकता है ध्यान ये रखना है कि इसका सेवन करते समय अगर ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो इसका प्रभाव लेक्टेटिंग मदरस में भी देखा जाता है ज़्यादा मात्रा से बचें वैसे तो डायरेक्ट कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है लेकिन अधिकता हर वस्तु की बेकार होती है तो इसके तेल का आप इस्तेमाल कीजिए विभिन्न प्रकार के घुटनों का दर्द है जॉइंट पेन है इन्फ्लामेशन के कारण पेन है तो उसके निराकरण के लिए भी आप इसके तेल का अप्लाई कीजिए तेल की मालिश कीजिए और उसके साथ डिकॉक्शन का भी नियमित पेय करते रहिए डिकॉक्शन का भी आपको पेय बना कर सेवन करते रहिए विशेष लाभ होता है मित्रों ये जो नेचर का गिफ्ट है इसको आप कंजर्व कीजिए इसको आप संरक्षित कीजिए ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें आने वाली जनरेशन के लिए एक गिफ्ट के रूप में हम इसको संरक्षित रख सकें और दे सकें कटिंग के माध्यम से या सीड के माध्यम से आप आसानी से इसका प्रोपिगेशन कर सकते हैं ये ज़्यादा इरीगेशन की आवश्यकता इस प्लांट को नहीं पड़ती है लेस रिसोर्सेज की इसकी आवश्यकता पड़ती है सोयल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाने में सहायक होता है गुणकारी तो है ही इस प्रकार से आज आपने जो ये बातें जानी हैं आप इनको साझा कीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि डेली हेल्थ अपडेट्स आपको मिलते रहें आप अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु हमें ईमेल के माध्यम से या टेलीफोनिक भी हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं बातों के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम धन्यवाद नमस्कार